हेलो स्टूडेंट आज हम करेंगे थेल थेल्स थ्योरम थे थेल्स थ्योरम इसका दूसरा नाम है बीपीटी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी फॉर बेसिक पी से प्रोपोर्शनलिटी टी से थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब इसको बीपीटी भी कहते हैं कभी कभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी आ जाती है थैल्स थियोरम थे के नाम से भी आ जाती है और हमारा स्टेटमेंट भी आ जाता है तो इस्टेटमेंट को समझते हैं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ़ आ लाइन एज ड्रॉन माने एक लाइन खींची जाती है इफ माने यदि एज अ लाइन ड्रॉन माने एक लाइन खींची जाती है पैरल टू वन साइड ऑफ आ ट्रेंगल माने किसी ट्रेंगल की वन साइड के पैरल यदि लाइन खींची जाती है तो टू इंटरसेक्ट अदर टू अदर टू इंटरसेक्ट अदर इन डिस्टिनिक्ट पॉइंट अदर साइड इसमें साइड और लिखना था ओके तो ट्रेंगल टू इंटरसेक्ट अदर अदर साइड इन डिस्टेंट पॉइंट माने जो दूसरी साइडें हैं उनको अलग अलग पॉइंटों पर क्या इंटरसेक्ट करती है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेसो और जिन पर वो इंटरसेक्ट करती है उनको वो सेम रेसो उन साइडों को सेम रेसो में डिवाइड करती है सपोज ए बी सी एज ओके And डी इज पैरल टू जो DE ई है वो हमने बी सी के यदि पैरल ड्रॉ की है तो जो डी और ई e पॉइंट है अदर टू साइडों पर ये वाले पॉइंट ए बी और ए सी को सेम रेशों में डिवाइड कर रहे हैं ओके तो अब हम इसमें सबसे पहले इसको prove करना है तो प्रूफ करने के पहले लिखेंगे गिवन गिवन गिवन हमारे पास क्या है गिवन में है डी ई पैरल बी पैरेलल बी ओके डी पैरेलल पैरेरल ये दोनों हमें पैरेलल गिवन है इसके बाद टू प्रूफ प्रूफ हमें करना है टू प्रूफ टू प्रूफ प्रूफ हमें करना है ए अपॉन डी बी अपॉन डी बी ए अपॉन डी बी अपॉन डी इक्वल टू AE अपॉन AE ई EC ये हमें प्रूफ करना है DE पैरेलल BC हमें गिवन है AD डी अपॉन डी बीज इक्वल टू एन ई सी ये हमें प्रूफ करना है अब कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ओके कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन बीई एंड सी डी बीई एंड सी डी को हमने जॉइन कर लिया ओके बीई बीई एंड सी डी को जॉइन कर लिया इसके बाद ड्रा ड्रा E एन परपेंडिकुलर ए बी EN perpendicular AB and DM perpendicular to DM perpendicular to AC ए सी मतलब हमने जो ई e एन है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जो डीएम है वो ए सी के ऊपर माने ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड डीएम परपेंडिकुलर ए सी हमने ड्रॉ कर लिया तो यह हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम प्रूव करेंगे जो हमें प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूव ओके प्रूव के लिए अभी हम लेंगे इसमें क्या ट्रेंगलों के एरिया निकालेंगे तो कौन कौन से ट्रेंगलों का हम यूज करेंगे पहला ए डी ई ए वाला ट्रैंगल ओके और डी बी डी ई एंड सी ई डी बी डी ई बी डी ई एंड C D E या D E C, B D E, B D E एंड D E C या C E D सेम ओके okay? तो इन तीन ट्राइंगलों का हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ A D, यहां पर हम क्या लिखेंगे एरिया इन एंगल छोटा वाला ट्रैंगल ले, ले लेते हैं ए डी इन एंगल A D इस वाले ट्रेंगल की हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए, ए डी ई इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा वन अपॉन टू बेस इन हाइट ये फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट ओके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बेस बेस हमारा हो जाएगा ए डी मल्टीप्लाई हाइट हमारी हो जाएगी कौन सी हाइट हो जाएगी ए डी दिया है तो ई एन ओके तो ये ले लिया हमने अब इसके साथ हम ले रहे हैं कौन सा बी डी ई ट्रेंगल इन ट्रेंगल बी डी ई बी डी ई इस ट्रेंगल में इसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ बी तो बी का एरिया इसी फॉर्मूले से आएगा वन अपॉन टू मल्टीप्लाई वेस मल्टीप्लाई हाइट जब हम वन अपॉन टू अब यहां पर देखो बी ये वाला ट्रेंगल है ये वाला ट्रैंगल हमारा बी है ये वाला ये ये और ये ये हमारा बी है इस ट्रगल का यदि हमें एरिया, एरिया निकालना है तो इस ट्रैंगल में बेस तो डी बी होगा बेस हमारा क्या होगा डी बी और जो हाइट है वो होगी हमारी ई जो हाइट है वो क्या होगी ई ओके तो हम इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई बी डी बी डी या डी बी एक ही बात है मल्टीप्लाई हाइट हाइट हमारी हो जाएगी ई ओके अब अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे सो एरिया ऑफ ADE डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ईज इक्वल टू ए की जगह लिखेंगे वन अपॉन टू मल्टीप्लाई AD डी मल्टीप्लाई ई और अपॉन यहां पर भी लिखेंगे वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई ई एन बन अपॉन टू से बन अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा ई से ई कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी अपॉन बी ओके इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर वन इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर वन अब अब हम लेंगे दूसरे ट्रैंगल्स वो होंगे ए डी ई ए डी ई अब हम क्या करेंगे देखो अभी हमने ए डी ई लिया था इसका एरिया निकाला था तो इसका एरिया हमने कौन सी साइड ली थी ए डी और ई एन अब इसी इसी ट्रैंगल का एरिया हम फिर से निकालेंगे लेकिन उसमें यूज करेंगे डी एम परपेंडिकुलर का ये हो जाएगा हाइट डी एम हाइट हो जाएगी और ए बेस हो जाएगा ओके तो हम फिर से लिखेंगे अगेन इन ट्रेंगल इन ट्रगल ए डी ई एरिया ऑफ ए डी एरिया ऑफ ए डी एडी का एरिया में एरिया निकालना है तो क्या आएगा वन अपॉइंट टू बेस इन हाइट टू बेस अब हम देखते हैं बेस तो बेस हमारा क्या होगा यदि हम इसमें ए में देखें तो हमारा जो बेस है वो होगा ए और जो हाइट है वो होगी डीएम ये हमारी हाइट है और ये हमारा बेस है तो ए बेस है डीएम हाइट है बेस हमारा है एंटू हाइट है डी ओके okay, अब अगेन अगेन हम निकालेंगे दूस एक ट्रैंगल ये वाला देखो अब हमारे अभी हमने इस ट्रेंगल का यूज किया था बी का अब हम करेंगे डी या सी तो डी माने ये वाला ट्रैंगल ये ये और ये वाली इससे ये जो ट्रेंगल है ना इस ट्रैंगल का यूज करेंगे तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा ये इस पर हाइट है इस वाले पॉइंट से ये हाइट है डी और ये बेस है हमारा सी ई सी हमारा बेस हो जाएगा और डीएम हाइट हो जाएगी तो क्या आएगा इंटर एंगल यहां पर हम लिखेंगे इंटर एंगल कौन सा है डीईसी डीईसी डीईसी और जो डीई सी ट्रेंगल है इसमें हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ डी इज इक्वल टू वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट ओके वन अपॉन टू बेस अब हमारा बेस क्या होगा डी में फिर से देखो ये डी हमारा ट्रैंगल है इसमें बेस होगा ई और हाइट होगी डी तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस होगा ई सी हाइट होगी डी ओके okay. अब बस हो गया अब हम फिर से निकालेंगे सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बेस सॉरी कितना आया था हमारा ये आ गया था एन टू डी एम अपॉन पे आ जाएगा वन अपॉन कैंसिल और ये हमारा आ जाएगा ए सी एपन ई सी ओके यहां पर आ गया एप ई सी और यहां पर आ गया हमारा ए डी अपॉन बी डी अपॉन बी अब हमें क्या करना है <coughs> इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर टू सॉरी अभी नहीं मानेंगे अब देखो अब हमें क्या करना है इन दोनों को सेम करना है हमारी इक्वेशन नंबर में इबन में क्या था एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ बी एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ बी था और यहां पर हमने क्या निकाला है एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ डी तो डी और बी डी और बी ये जो टू ट्राएंगल्स हैं ये वाला ट्रैंगल्स और ये वाला ट्रैंगल ये दोनों जो ट्रैंगल्स हैं वो बिटवीन द सेम पैरेलल एंड है व सेम वे इन दोनों ट्रैंगलों का बेस सेम है बेस हम डी ई e. मान लें तो दोनों ट्रैंगलों का बेस सेम डी e. है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में हैं डी ई e. पैरल बी सी के बीच में है तो इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे तो ये चीज़ हम लिखेंगे इस तरीके से यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रैंगल D, b b uh, b d e triangle b d e b d e and triangle b d e and triangle d e c d e c triangle b d -E and triangle d e c between between the same parallel line same parallel same parallel de parallel bc de parallel bc de between the same parallel de parallel bc and and have a same base सेम बेस डी ई डी ई डी डी डी दोनों में सेम बेस है और दोनों ही सेम पैरल के बीच में हैं सो एरिया ऑफ बी इक्वल टू एरिया ऑफ डी इन दोनों का एरिया इक्वल होगा तो अब जो ये जो डी लिखा है ना यहाँ पर इसकी जगह हम बी लिख देंगे सो so, Area of ADE डीई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी की जगह लिख देंगे बी डी ईज इक्वल टू एन ई सी इसे मानेंगे टू इसे हमने टू मान लिया तो यह आ जाएगा हमारा area of ADE अपॉन area एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ इज इक्वल टू ए डी डी एडी अपॉन बी डी एडी अपॉन बी और यहां पर हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ बी क्योंकि इसकी जगह हमने बी डी लिख दिया डी की जगह और इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इन दोनों इक्वेशनों से क्या होगा कि ये देखो यहां पर हमारा क्या है एरिया ऑफ एडी डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी और यहां पर भी क्या है एरिया ऑफ एडी डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी तो ये दोनों यदि इस साइड के एल इक्वल हैं तो आरएचएस भी इक्वल होंगे तो यहां पर एडी डी अपॉन बी डी किसके इक्वल हो जाएगा ए अपॉन ई सी के तो हम हम लिख देंगे ए डी अपॉन बी डी ए अपॉन बी डी तो यहां पर लिखेंगे क्या ए अपॉन बी डी ओके ए डी अपॉन बी इक्वल टू इस किसके इक्वल होगा ए ई अपॉन ई के ए ई अपॉन ई और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ प्रूफ देखो हमें यही प्रूफ करना था टू प्रूफ में क्या था ए डी अपॉन डी बी टू ए ई अपॉन ई और हमारा क्या आ गया ए डी अपॉन बी डी टू ए ई अपॉन बी ओके okay, तो ये ये जो थ्योरम्स है इस थ्योरम को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम इस तरीके से इसको सॉल्व करना है बिल्कुल सिंपल है हमें इसमें ये जो थ्री ट्रेंगल दिए गए हैं इन ट्रेंगलों का यूज करना है पहला ट्रेंगल है एडी एडी जो ट्रेंगल है इसका एरिया हम दो तरह से निकाल सकते हैं फर्स्ट टाइप में हम ए बेस ले लेंगे और ई क्या ले लेंगे अपना परपे वो हाइट ले लेंगे तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा वन अपॉन टू ए और एक एरिया हम निकालेंगे ए बेस इनटू टू व्हाइट से ए ई e हम इसमें बेस ले लेंगे और डीएम क्या ले लेंगे इसका एरिया ले लेंगे तो फिर जो दूसरा एरिया आएगा वो क्या आएगा वन अपॉन टू ए मल्टीप्लाई डीएम और इनका यूज हम करेंगे तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा जो प्रूफ है वो हो जाएगा ओके थैंक यू